हम मत छोड़ो अरे फादर बहुत देर हो गया यार बगीवा दिखाई ना, अम... तो ना गया इनकी कोनो आ मामा तना सूरत बाट हां जाओ जाओ जाओ हां जाए चल को जी 17 पातो ही आ के बाबा आ मामा हमार तुरै पतो ही आ के बाबा कारमन नो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 ये सारे हरे? डे अरे सारे ना डंडवा हरे? अरे डॉक्टर साहेब बीमार भाई छगड़ी हम ना छोड़ दियो ना छोड़े तो बैठ कोई एक मिला पेड़ पर हाय खराब अरे बाप रे अरे बाप रे हम ना छोड़ दियो अरे बाप रे रुक बहुत सारे मारी थे रुक अरे अरे साल पेटुआ हमको बजा के भाग गए अब साल कर बहुत मारी अरे सारे हाथ पकड़ नहीं उतर ही ना पहुंची अरे आजा आजा भाई